पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आदिवासियों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर शिवराज सरकार को घेरा है कमलनाथ ने कहा शिवराज सरकार आदिवासियों का हितेशोंग करती है तेरह बार आगे रहा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार को आदिवासियों के मुद्दे पर जमकर घेरा कमलनाथ ने कहा कि ये बड़े ही शर्म की बात है मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है अठारह साल की भाजपा सरकार में तेरा बार देश में आदिवासियों के साथ अत्याचार के मामलों में मध्य प्रदेश का नाम आया है 2019 से लेकर 2021 तक इन्होंने आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में पहला और दूसरा स्थान हासिल किया है भाजपा सरकार आदिवासियों के हितेशी बनने का नाटक करती है आदिवासी अब इन भाजपा की हरकतें समझ गए हैं कमलनाथ ने कहा भाजपा सरकार के रहते हुए स्कूलों में शिक्षक नहीं है अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है खम्भे में तार नहीं है और तारों में बिजली नहीं है जैसे दिखावा करते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में स्कूलों में विकास हो रहा है और यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था सुधर रही है बाकी हालात तो जग जाहिर है लेपापोती करना भाजपा का काम है इनकी चालाकियों को जनता बखूबी समझती है की बिल्डिंग लीक होती है अस्पताल लीक होते है ये तो हालात है मध्य प्रदेश की और ये कहते हैं की हमारे स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं है मध्य प्रदेश में स्कूल में शिक्षक नहीं अस्पताल में डॉक्टर नहीं खम्भे में तार नहीं और तार में बिजली नहीं पाँच साल पहले और दस साल पहले के मतदाताओं ने आज के मतदाता बहुत समझदार हैं वो मध्य प्रदेश के हित अपने अपना हित और अपने परिवार के हित की रक्षा करेंगे वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं